सो हैम बैक टू माई चैनल माई गड्स को कुछ अजीब चीज़ मत समझो मेरा माइक है गाइस बारिश हमारे लिए कितनी यूज़फुल होती है पर कुछ लोग इस बारिश की यूजफुलनेस को समझते ही नहीं है जैसे कि मराठी में एक पोएम है ये ये, ये पाउसा तुल्हा तो पैसा पैसा ज़्यादा खोटा पाव डाला मोटा पर इंग्लिश में कुछ अलग ही है एक और है मराठी की पोयम ही सरी माजे मटके भरी सर मटकी इंग्लिश रेन को बुलाती नहीं है भगाती है अरे तू जा रही rain, rain, away, मतलब ऐसी कौन सी दुश्मनी है और भाई बारिश पर इतने पोयम्स इतने गाने बन चुके हैं कि अगर लिविंग थिंग होती ना तो बोलती भाई जाने दो मैं कुछ जाने दो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है मुझे माफ कर दे आप लोग सारे मुझे छुट्टी दे दे। घर में हो या फिर बाहर हो ये सॉक्स ये स्वेटर और विक्स की गोली ये तो पैकेट है रे <laughs> <laughs> नदियाँ और रोड में डिफरेंस समझने आ रहा है रेनबो और क्लाउड्स में डिफरेंस समझने आ रहा है रेनकोट और अम्ब्रेला में डिफरेंस समझने आ रहा है ये हो रहा है बारिश का परिणाम जो कभी बाहर जाके बास्केटबॉल खेला करते थे वो अभी घर बैठ के स्टोन पेपर सीजस खेल रहे हैं अकेले सिटीज़ बुरा हाल है और अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ अगर बंगलों में रहती थी तो बहुत ही बुरा हाल रहता था घरों में पानी भरा रखा है स्विमिंग पूल और घरों में डिफरेंस एक समझ में आ रहा है चाहे तो घर में ही ना लो बाथरूम क्यों जाना है चलो बारिश के मौसम पर बारिश के इतने सॉन्ग्स बन रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी एक बना लूँ तो मैंने बना लिया Rain is being fair I, in reality, मुझे लगता आपको समझ में आया होगा मुझे पता नहीं मैं, मैं सब करके क्यूँ बोल रही हूँ और मैंने सॉन्ग बनाया अंग्रेजी में सो so गाइज आज की मेरा आउट्रेक मीम बन सकता है